में पिल में मैं में जरूर आऊंगा बस मेरे नाम का शोर सुनने की ताकत रख मैं। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि हार क्या होती है तो

जब तक जब सांन दरीना मिगर, एक बाई तुम जब पलटवार, एक बाई तुम जब पलटवार। जब खंतरा जब तुम रोवाला, बिपुलधारी तूला सरपमाला, भेवाजी देवता ने पूछे तूला, राजी स्वभाव तो चिकला। उसे <laughs> यूं न बात माना, मन किये तुम्हीं मात्रा, मजे।